असलम जैसे कि आपको हमने बताया था कल के हम एक वीडियो बनाएंगे कल उसमें बताएंगे आपको कैसे फॉर्म फ़िल करना मुकिन बजा करके उसका लिंक भी शेयर कर देंगे डिस्क्रिप्शन में तो कुछ इस तरह से फिल करेंगे हम उसको चलिए बताते हैं आपको और ध्यान रखना है आपको दोनों डोज़ लगी होनी चाहिए जो दो डोज़ बताई हैं और चार वैक्सीन के नाम बताएँ उन्होंने फाइजर एक्शाजेनिक और मोडर्ना और ये है जनसन की एक खुराक लग लगी हो चौदह दिन गुजर चुके हों और इन दोनों की इन तीन जो वैक्सीन है इनकी दो दो डोज लगी हूँ आपको और छः महीने के अंदर अंदर वो भी ऐसा नहीं कि एक महीना लगवा लिया आपने और दूसरी दूसरे महीने में लगवा लिया ऐसा नहीं जो इनका टाइम है उसी हिसाब से लगवानी है आपको ये मतलब चार मुमकिन पहली डोज के दस बारह हफ्ते के बाद ही दूसरी लगती है तो उसी हिसाब से आपको ये फॉर्म फिल, फिल करना पूरा चलिए बता सबसे पहले हमें गूगल क्रोम खोल लेना है और इसमें हमारे पास ये जो हमारा इसका लिंक शेयर कर देंगे आपको भी मुकीम का वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम इसका लिंक शेयर कर देंगे आप जाकर के आराम से कॉपी करके उसको खोल लेना है और यहाँ पे मोबाइल में भी आप इसको कॉपी करके खोल लेना है आपको इस तरह से कुछ ये पेज खुल जाएगा इसके अंदर साफ साफ लिखाइए अप्रोवड वैक्सीन जो सऊदी अरब ने अप्रोव किए हैं ये वैक्सीन जो है ऑक्सफोर्ड आस्ट्राजेनिक है फाइजर है मोडरना है और जानसन है ये वैक्सीन आपको ज़रूरी लगानी है ये भी दो डोज लगनी चाहिए आपको और इसके अंदर ये भी दिया है रजिस्ट्रेशन फॉर अंडर यानी अट्ठारह साल से नीचे की उम्र के लिए ये नहीं है उनके लिए अलग से कुछ कानून है तो इसमें ये नाम आपको फिल करना सबसे पहले जो भी आपका नाम है उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ आपको जो भी है एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ बाय एयर आ रहे हैं बाय रोड आ रहे हैं आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना ही है ये और ये फ़्लाइट नंबर आपको जो फ़्लाइट बुक करेंगे बहत्तर घंटे पहले वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी ठीक है उसके बाद में एरियवल डिस्टिनेसन यहाँ पर जहाँ भी आप जाना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर लेंगे और वैक्सीन कंट्री कौन सी आपकी वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद में यहाँ पर फ़र्स्ट डोज आपको फर्स्ट इंजेक्शन कब लगी वैक्सीन कौन से तारीख को आपने लगाई है वो यहाँ पे फिल करेंगे उसके बाद में यहाँ पे आएंगे हम दूसरे तरफ यहाँ पे पासपोर्ट नंबर आपका जो भी है और यहाँ पे नेशनल आप जिस भी कंट्री से हैं वो इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश स्रीलंका जहाँ से भी आप आ रहे हैं तो सबके लिए अलाउड है एरिवल डेट यहाँ पर किस तारीख को आपको आना सऊदी अरब और एयरलाइंस कौन सी आपकी वो यहाँ पर अफेल करें वैक्सीन टैप यानी वैक्सीन कौन सी लगवाई आपने ये यहाँ पे है ये देखिए फाइजर अस्टाजेनिक मोडरना और जेनसन यहाँ पे चार वैक्सीन उन्होंने बताई हैं जिसकी जेनसन की एक खुराक और इन सब की दो दो, दो खुराक जरूरी है आपको लगानी जेनसन की अगर आपने खुराक लगवाई है चौदह दिन गुजर चुके तो आप आ सकते हैं लेकिन इन तीनों की दो दो, दो खुराकें ज़रूरी हैं वो भी जो टाइम बताया है उन्होंने उस टाइम के हिसाब से ऐसे नहीं कि आज आपने लगवाई और एक महीने के बाद दूसरी लगवा ली इनका जो टाइम है इन तीनों का वो मुमकिन आठ से दस हफ़्ते के बीच में है आठ से दस हफ्ते गुजर जाने के बाद ही लेकिन लगेंगे इससे पहले कि लगती नहीं है दूसरी डोज दिन की और यहाँ पर आइए नोट रिपोर्ट यहाँ पर इसको क्लिक करेंगे और एक्सेप्ट करेंगे और सबमिट कर देंगे हम इसको सबमिट जैसे ही करेंगे आपका ये फॉर्म फिल हो जाएगा और ये वेबसाइट पर चला जाएगा वहाँ से आपको वेबसाइट से ये फॉर्म आपको निकलवाना है बस और ये फॉर्म आपको यहाँ पे जब आएंगे सऊदी अरब में तो आपको ये एयरपोर्ट पे दिखाना तो आपको क्वारंटाइन नहीं करेंगे वो अगर ये फॉर्म नहीं फिल करेंगे तो आपको क्वारंटाइन होना पड़ेगा सात के लिए जिनका खर्च मुमकिन इंडिया पाकिस्तान के हिसाब से साठ सत्तर और पाकिस्तान के हिसाब से मुमकिन एक लाख रुपए बैठेगा जो इनका सबसे सस्ता पैकेज है उनके छब्बीस सौ अट्ठाईस सौ रियाल का इस तरह से पैकेज है इनके वो पैकेज हैं और पैंतीस सौ पैकेज है जिस तरह से आप लेना चाहें वो आपके ऊपर है उसमें दो टेस्ट हैं आपके कोरोना के एक जब आएंगे और एक जब सात दिन के बाद और होटल है मतलब पैकेज पूरा पूरी तरह से एकदम सही देंगे ये लेकिन पैसे भी अच्छे ले रहे हैं तो इस तरह से आपको ये फिल करना है और सही इन्फॉमेशन इसके अंदर डालनी है आपको कोई भी इन्फॉमेशन गलत नहीं डालनी नहीं तो आप यहाँ पे आने के बाद मसला खड़ा हो जाएगा आपके साथ में तो इस चीज़ का ध्यान रखें